राशि फल का क्या प्रभाव रहेगा इस बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हबीब हबीब जी से, जी ज्योतिष यह सप्ताह लगभग सभी राशि वालों के लिए बहुत ही शुभदायक है अच्छी बात तो ये है कि इसी सप्ताह में दीपावली का त्योहार है सबकी खुशियों का त्योहार है और अधिकांश राशियां अच्छा फल दे रही हैं। मेष राशि इस बार झगड़े झंझटों से बचके सुख सुविधाओं के साधन पर विचार करेगी इसी प्रकार से जो दूसरे नंबर की राशि है वृष राशि ये राशि धनदायक होने के साथ साथ ही अन्य कई प्रकार की खुशियों से आपको करेगी तीसरी राशि मिथुन राशि जो इस बार बहुत अच्छे रूप में है आपके लिए अच्छा उसका फल है और अच्छे फल में ये है किसी भूमि जजाद आदि का आप जो है अपनी योजना बना सकते हैं कर्क राशि वाले इस बार हल्का सा परेशान रहेंगे थोड़ी सी बीमारी पेट दर्द आदि के होने के संयोग हैं सिंह राशि का प्रभाव इस बार बिल्कुल सिंह की तरह ही दहाड़ रहा है अर्थात आपका प्रभाव समाज में हो रहा है कन्या राशि इस बार दबी हुई है कन्या राशि थोड़ी सी परेशानी सी में गुजरेगी तुला राशि हल्के से झगड़े झंझट हैं जो उनके साथ बने हुए हैं उनसे सुलझाव होगा वृश्चिक राशि जो आठ नंबर की हमारी राशि बनती है वृक्षिक राशि वाले भी अपनी आय के साधनों को लेकर के थोड़ा सा परेशान रहेंगे नवी राशि जो धनु राशि है धनुराशि वाले भी आगे के लिए अच्छी योजना बनाएंगे मकर राशि वाले अपने कारोबार नौकरी या किसी और आय के स्रोत बढ़ाने वाली स्कीम पे काम करेंगे कुंभ राशि का प्रभाव इस बार बहुत हंसी का और बहुत खुशी का है इसी प्रकार जो मीन राशि है मीन राशि का जो क्षेत्र है मुख्य रूप से शिक्षा का है जो मीन राशि वाले लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं इस बार वो सफल